रीवा के रायपुर करचुल्यान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो में कुछ बदमाश एक युवक को निर्वस्त्र कर जमकर मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं हैवानियत भरे इस कांड के सामने आने के बाद पुलिस वीडियो के आधार पर बदमाशों की पहचान कर रही है यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है वायरल वीडियो में चार से पांच की संख्या में युवक एक युवक के साथ मारपीट करने के दौरान गाली गलौच भी करते देखे जा रहे हैं युवक की जमकर पिटाई की जाती है इस दौरान पीड़ित युवक बार बार माफी भी मांग रहा था इसके बावजूद भी मार मार कर युवक को निर्वस्त्र होने के लिए मजबूर किया जाता है और उसकी पिटाई की जाती है बदमाश इस युवक की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं थे इन्हीं बदमाशों में से एक इस घटनाक्रम का वीडियो भी बनाता रहता है इसके बाद लड़के को निर्वस्त्र ही मुर्गा बनाया जाता है यह वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है इस वीडियो से यह बात सामने आती है कि प्रेम प्रसंग के चलते इस युवक के साथ यह हैवानियत भरा व्यवहार किया गया है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर रीवा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन का कहना है की वीडियो वायरल होते ही संबंधित थाना प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है अभी जिस वीडियो की जानकारी मिली है उसको लेकर थाना की टीम पूरी लगी हुई है और वो लोग ये प्रयास करते हुए कि वीडियो अनावश्यक भी ना हो और आरोपी लोगों की पहचान हो जाए इसको लेके अपनी टीम पूरी रवाना है और अभी शीघ्र हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर भी लेंगे और आवश्यक वैधनिक कार्रवाई उनसे कर देंगे परन्तु हमें अपील भी करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी कृपया इस प्रकार की कोई भी वीडियो जो किसी व्यक्ति को अनावश्यक बाद में मानसिक संतराज दें, उसको तो मानसिक कष्ट हैं उसको हमें नहीं फॉरवर्ड कराना कर है और नहीं उसको प्रचारित कराना कर है घटना जिसके साथ हुई है वो हमारा फरियादी है हमको चिंता भी करनी है और उसके प्रकरण को प्रेस करके आवश्यक कार्रवाई भी आरोपी पर करनी है